अरे गेमिंग भाई बना लो ना बना लो ना वो, वो, वो, भाई नाम लाइव स्ट्रीम का नाम क्या हुआ आपके तो चले जाना, आ ना, जाना। जो गेमिंग नाम बता दो नाम हेलो नामो अरे तो हेलो गेमिंग अब अब पे जाना भाई पे जाते जाना हम हम हम हम दोनों हम दोनों दोनों दोनों को वन वन करने देना करेंगे आप आप में जाना मार सकते हैं आपको अगर आप उसके टीम में जाओगे तो वो मैं आपको मार सकता हूँ गलती से अगर आप गए तो वो मार सकता है इसलिए बोल रहे हैं चीटिंग हो जाएगा ना हाँ भाई याद है याद है अभी हो गया है लाइब्रेटरी में आप वाईफाई से कर रहे हो क्या कितना लगा आपका महीने का चाची भाई वर्चुअल वर्ल्ड एंड डॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ प्लीज प्ले एंड मॉडोरेशन टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली घर में ही रहना team has scored for the first time isko bahut khatarnak laga <laughs> main power dekh rahe the ab kitni thi tab bhi maine isko gira ke mara head hit le liya iske maine char bar mar gaya ye bichara दुछ दुछ। भाई नशे भाई भाई भाई भाई वाच आउट नाक मार रहा पीछे कहा नशे में भाग गया बेचारा भाई आ में गया मैं पहले ही बता दिया था बात को मुझे मत भूल रहा पहले ही बता दिया था मैं बम से मारूंगा गेमिंग भाई हेलो। इसके बाद हम दोनों वन वन करेंगे यार यार बहुत मन कर रहा है मेरे मेरे साथ। कोई तो नहीं।, तो नहीं।, तो नहीं नहीं बराबर उटिंग वॉचआउट रुक जाओ वॉच आउट Watch out. Killing spree for the red team. Bhai ek goli lag ke mar jata main kasam. भाई फिर मार देता हाँ यार मुझे बराबर का नहीं मिला है ना अच्छे से कर रहा करो आगे पीछे तुम मुझे मार वॉट मार्क्ट लोकेशन अभी रु जाओ छह साढ़े पच spray for the out. red team by yeah i've been teaching you to absorb more more sound watch out The match is over. The red team is in the lead. Wo are we talking about? Mujhe maarna aaya tha khud hi mara. तो नहीं आपको हम लोग एमफुल खेल रहे हैं भाई क्या आपका वॉचआउट क्या यार कितना कैम कर रहा है तू भी watch out Watch out! Look at me, guys. I just got a quarter machine gun on me. Ready? Look at me, guys. I got a quarter machine gun on me. होते ना भाई तो संभाल दो भाई दो तू मारेगा मिनट में हो गरज मेरे बस की हेलो गेमिंग बी मारे सुनो ना हेलो हेलो कर पाऊंगा भाई लगता है दस किलो पानी पाएंगे जल्दी नहीं लग रहा मुझे तो ंगार भी आपको दिख रहा है क्या व्यान लीड हेलो गेनिंग इसके बाद एक और मैच लगवाना मेरे Hello. Watch out. Hello. Game not play. Part of the way up. Leave out of me. The red team leads with thirty seconds left. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. I need a weapon. Watch out. Red team victory. भाई एक बार मेरे मेरे मेरे साथ भाई। मेरे साथ मेरे साथ, गेमिंग मेरे साथ बार। भाई भाई हेलो गेमिंग ये मुझसे हार जाते तुमसे ना होगा कि मुझसे हार जाते करने तो भाई गेमिंग मैं मेरे साथ करो बना मेरे साथ वन एक होगा बार पर हेलो हेलो हेलो भाई भाई रुक रुक तू गेमिंग गाइस सुनो ना एक बार और बनवाओ बना रहे चल बाहर आओ बाहर एक और बार बना रहे हेलो एक बार और बना दो एक बार और बना दो रूमस के साथ बनाते लो। बनाओ लो। बना कर जल्दी बना दो जाओ आप बनाओ जाके अरे मेरा फिर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 भाई। गेमिंग सुनो ना। हेलो। बोल बोल। अरे ये अपने आपको लो। चारा। चारा। क्या हो रहा? हेलो गेमिंग भाई। फ्रेंड इनका। ये रूम खेलेंगे मेरे से। के कर लो। से? फ्रेंड गेमिंग भाई। कौन है? गेमिंग आरश भाई हेलो हेलो बोलो भाई क्या बात है हेलो तुमको गेमिंग आरश भाई बोलना है हम देखो हेलो क्या आवन नहीं आ रही क्या हेलो हाँ करेगा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 fight for the red team spray for the red team cover me target, target down reloading <sighs> cover me reloading cover me for the red team the match is over and the red team is in the lead nice shot reloading loading cover me for me for the red team The red team is in the lead for me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 Team Victory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 Team has scored for the first time. I need a weapon. for me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 out Clear Reloading Watch out spray for the red team dead. dead cover me half of the match hey, is over down. and the red team is in the lead the red team is in the lead me Watch out Reloading for me no, spray for the blue team watch out watch out watch out free for the red team Be careful you're losing the game The blue team doesn't have a lot of time left team victory